और ये रूम नंबर है 501 नॉन एसी लिया हमने घंटा मैंने बोला था ब्रिज के नीचे रुक जाएंगे तो आ गए लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। गेट से वो का बंद है कांच का ये कांच का बंद है अब लिफ्ट से ट्राई कर रहे हैं <laughs> ये कर रहा कहा जाना कौन से फर्स्ट जाना चलता है बना नहीं, रहा कुछ कुछ है नहीं। नहीं। नहीं लग रहा है है क्या नहीं तो, तो, तो, तो ये हमारा होटल है और ये रूम नंबर है 501 नॉन एसी लिया हमने एसी है लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि हमने नॉन ए करवा रखा है फिर भी हमने तो बहुत कम करवाए मतलब पैसे हमने फर्स्ट बार ऐसा रूम लिया ये कह रहे थे तब पैसों का तो कुछ नहीं हम वापस कर देंगे मतलब पंगा वहां से चलेगा बोलते पास में तो थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि मैं सोया मैं तो बिल्कुल कम से आधा घंटा से लग हुआ है मगर आधा घंटे से मैं आधा घंटे से ये सो रहे थे काफ़ी टाइम तक क्योंकि ये सो तो फिर मैं सो नहीं सकता और अभी ये पढ़ेंगे और मैं सोंगा मस्त आराम से मारे रे मारे मारा था कहीं का। बोल रहा तेरे तेरे तेरे लिए मतलब तेरे लिए मतलब रूम लिया भाई को साथ में लेके आया हूँ तो ऐसा लगेगा घंटा मैंने तो बोला था भाई ब्रिज मैंने बोला था रात ब्रिज के नीचे रुक जाएंगे कह रहा नहीं अच्छा नहीं लगता मेरे को तो अच्छा मेरे तो वहाँ जो मेरे को तो वहाँ और अच्छा तो लगता है मैं भी तेरे साथ इसे कहा था मैंने रिलेशन रुक जाएंगे कह रहा नहीं यहाँ रिलेशन कौन था तो मैंने यहाँ ब्रिज देखा था इसके नीचे रुक जाते बरसात ना आने का डर ना पानी आने का डर ऊपर का ऊपर पता कितना सही था क्या मैंने बस चलती है सिटी आस पास भी नहीं है मतलब हमारे वहाँ तो हर एक चौराहे में हो जाएगा हर एक किलोमीटर और यहाँ आस पास इतनी तब भी नहीं <laughs> और हमारे वहाँ बस लोकल बस रोकने के लिए ऐसे मतलब बात करना पड़ता है या हमें लोकल बस वाला खड़ा देख लेना कहीं पे भी तो अपना आप आके रोक देता लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है पहले टिकट करवाओ कहीं और से मतलब अलग अलग लग वो लगे हुए बस स्टैंड अलग लग लग, ब्रांच अलग ब्रांच के अलग अलग बस स्टैंड लगे लग तो वहाँ से टिकट करवाओ फिर वहाँ से बस में बैठो वहीं से बैठना बस में मतलब बीच में कहीं रुकती भी नहीं है स्टेशन स्टेशन स्टेशन भी सिस्टम का पे पे तो बस रुकती है है है है है है से से वो गेट है, फिरंदर जाते फिरंदर जाते है, जाते है मतलब। गेट खुलता खुलता फिर अंदर जाते हैं उसका उसका बना बिल्कुल परेशानी हमें वैसे हमें भी परेशान लेकिन हमें पता ही नहीं था टिकट कहाँ से ले मतलब बस कहाँ रुके कुछ पता ही नहीं था यार ये इतना रॉयल था कि पता ही नहीं हाँ जिसे ज्यादा ही कुछ मतलब <laughs> इस मामले में सिटी बस वाला तुरंत आके पूछता भैया कहाँ जाना है अभी ये कह रहे बाहर से खाना ले मैंने कहा क्यों घर से पैक करा है उसका क्या करेगा क्या खराब हो गया इतनी इतनी रही सही मत पे लो ऐसा जो भी है अच्छा है, खा लो सब मेरा तो फेवरेट है मैंने चटनी और पूड़ी होती ना वो करके मंगवाई घर से मेरा तो ना फेवरेट है मैं तो यही खाऊंगा बस एक दही और मतलब लेके आ जाऊंगा अलग से खाना यही खाऊँगा मैं तो मैं अभी नहीं जाऊंगा बाद में खाऊँगा मैं तो ये सोच रहा मैं जाऊँगा तो मैं अपना मंगा लूँगा मैं नहीं जाऊँगा तुम अभी पढ़ो मैं तो रात को मैं तो मैं अभी थोड़ी देर हैं नहीं डालना खाना, खाना खाना ही नहीं बाद में तो भुड़ी ले ले। भुड़ी ले, खाओ ये फिर मैं खा लूंगा फिर तो चल यही ये निकालिए खा लेते हैं चल निकाल यही रहने देते कि अरे इतना तो, तो, तो, तो इतना में मैं इतना सोचता तो आज हमें मतलब ये <laughs> तो मतलब रूम का रेंट नहीं लेना ले पड़ता बाहर ही रुक जाते मेरे बारे में यार तुम परेशान हो जाएगा काम का मेरी वजह से तुम परेशान हो जाएगा तू तो मत यार मेरे को दे बे, अब मतलब तो मतलब ये केवल आपको चढ़ा रहा है केवल आपके तो हाँ। तो सामने दिखा रहा है हम तो दोनों अंतर अंतर से जानते कौन कैसा है इसके कौन तो का कतरा कतरा हमें पता है कैसे चलता है क्या चाहता है हमसे तो वो तो बात ही नहीं अब थोड़ा रेस्ट करेंगे तब तक तो करें तो को आप भी रेस्ट रोकते हैं ब्लॉक तो अभी ये दूल्हे राजा कह रहे हैं बाहर चलते चलते है क्या काम इन्हें देखते हैं चलो फिर राजा अब खड़े हो जाओ मेरे मैंने शूज पहन ले रहे बैठे ये ले लेते साथ लॉक दे देना बस ऐसे होटल भी ठीक है ऐसे नहीं पैसे दे रखे तो फैसिलिटी भी है यार इनसे लॉक नहीं आ रहा है अभी आ गई परफेक्ट। जा so, ये है उधर। हम चलते हैं ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे। B1 पे चलना ग्राउंड पे नहीं चलना। पिछली पता नहीं पिछली पता फिर क्या होगा? ग्राउंड जाना था पांच बिल्डिंग पे यहाँ और बंद भाई मेरे गुरु फिर खुल गया। से से, हम गए थे पहले वहीं वहीं पे। अभी चलते नीचे। कोई आए, देख रहे मतलब कुछ कहीं मिल जाए कोई तो ये तो चाय पिये अपना मत दो ले लेना। वो तो ले लेना वरना रहने देना मुंड फ्रेश रहेगा रहेगा मतलब माउथ थोड़ा तो बार से लाइट स्टार्ट कर दे यहाँ से बाहर <laughs> से क्या नया सिस्टम है समझ नहीं आ रहा है वो पास में नल की लगी हुई है बाथरूम के पास में आ। आ, वो यूज करनी ठीक है अब कैसे करनी इधर को बताइए ठीक तो है तो यार। आ रहा हूँ तो अभी यहाँ से थोड़ा तो तो बाहर बाहर जाएंगे मतलब इनके एडमिट कार्ड और जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगा वो निकला नहीं है तो अभी निकला के लेकर आता है। और आसपास पास इमित्र भी नहीं है यहाँ से तीन चार किलोमीटर मार्केट है वहाँ जा देखेंगे अगर मिल गई तो वरना फिर आठ किलोमीटर तो बता ही रहा है ऑनलाइन तो यहाँ से चलते हैं चलो भैया मेरे को पिला गया और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी मेरे को आज बंद बंद करो टक्का नहीं आता और उसमें पानी भी साथ सा फ्री देते एकदम नई बोतल बंद करो टक्कर और वहाँ पे रोक दो एक तो फोटो और एडमिट कार्ड इसका मतलब एक सबसे अच्छा से ये लगा रूम का मतलब ये जो चाबी है वो जो बाहर लगती है और मतलब हमें कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है वो चलू रुको एक बार और इसका ये सिस्टम ऐसे करते तो लॉक आ जाता है मतलब अब बाहर से कोई नहीं खोल सकता ऐसे करते थे तो बाहर भी ऐसे ऐसे दबा के कोई भी खोल सकता है और इसका मस्त सिस्टम अभी देखना लाइट पूरी बंद हो जाएगी ये निकालते ही पूरे रूम में बंद हो गए कितना सही सिस्टम है अलग अलग से बटन नहीं बंद करने पड़ते हैं हमें ये भी समझ नहीं आ रहा था पता नहीं कैसा आया <laughs> तभी चलते हैं बाहर तो यहाँ अगर आसपास सीमित रहोगा फिर भी हम पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ गुजराती में भी लिखा है और यह कहीं पे भी तो केवल गुजराती में और कहीं पे इंग्लिश और गुजरात में तो इंग्लिश तो मतलब तो कुछ नहीं थोड़ी बस समझ आता है लेकिन गुजराती तो बिल्कुल नहीं आती बोलने तो फिर भी आ जाए लिखने तो बिल्कुल नहीं आती लिखी हुई तो।, तो अभी तो इन भैया ने पास में बताया यहाँ से मतलब थोड़ा सा है एक किलोमीटर भी नहीं है चलते वहाँ पर पहले तो पहले इनका काम करते हैं डिनर और लंच साथ में करेंगे आज ठीक है न दोनों साथ में करेंगे डिनर और लंच, उधर करके आएंगे ना? पे महंगा भी है और पता नहीं मतलब कैसा मिलता है वो सबसे मिले भी ना ये तो सारा मतलब गुजराती में लिखा हुआ मुझे कुछ खुले नहीं पता तो तो तो है जानता <laughs> हूँ मैं तो ना यहाँ बताया था मैंने कहा यहाँ रुक जाएंगे आराम से लेकिन वहाँ मतलब बहुत लंबा टाइम है ना तो यहाँ रुक भी नहीं सकते थे रूम तो वैसे भी लेना था हमें क्योंकि आज का दिन है कल का दिन है कल वापस इस टाइम तक मतलब इस टाइम के बाद फ्री होंगे इनका छः बजे या चार बजे इनकी छुट्टी होगी ये बैठेगा मतलब इस टाइम जब वहाँ आए थे ना तब वहाँ पे मतलब चेकिंग चल रही थी तो इस इन्हें बैठाएँगे अंदर पचास में यहाँ ड्रॉप कर दिया फिर भी सही है यार तो कोई कोई तो बंदे लूटते हैं पता चल जा बाहर के लोग हैं तो सीधा दो सौ डेढ़ सौ करता घुमा के लेके आते हैं, उन्होंने पचास में दुकान के आगे लाके छोड़ा एक बार वहाँ लेके थे, फिर वापस लाया मैं तो इन्हें मैं कह रहा हूँ मेल कर लिया तो तो इन्हें तो भी ऐसा नहीं रहेगी और आपको नहीं तो मतलब हिंदी भी मेरे को नहीं लगता है मतलब आती है ज़्यादातर उजी बात आती है करते हैं कुछ ना कुछ डिगैड समझ नहीं आ रहा हम कह रहे भैया जोरॉक्स निकलानी मतलब प्रिंट निकलाना है फिर मतलब कैसा प्रिंट क्या प्रिंट है गुजराती ज़्यादा समझते हैं यहाँ के लोग